त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है ए बी चौबीस सेंटीमीटर बी सी सात सेंटीमीटर दिया है सबसे वो पहले हम लोगों को बोल रहा है त्रिभुज एबीसी एक हम लोग त्रिभुज बनाएंगे जिसमें ए बी सी नेम होगा और उसका जो बी है उसको कोण नब्बे डिग्री बनाना है हमको तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं क्या करना है हमको सबसे पहले कोण बी नब्बे डिग्री करना है हो गया नब्बे डिग्री इसको ए मानेंगे इसको सी अब क्या दिया है हम लोगों को ए बी चौबीस सेंटीमीटर दिया है ए बी ये है चौबीस सेंटीमीटर दिया है और बी सी सात सेंटीमीटर दो भुजा दिया है पहले तीसरी भुजा निकाल लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में ये क्या है कर्ण है तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया तो इसमें जो कर्ण है ए है ये लंब लंबीसी है आधार ए है लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब है बी बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय हो गया अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि ए स्क्वायर बराबर बी कितना है बी का वैल्यू सात है यानी सात का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है चौबीस चौबीस का स्क्वायर लिखेंगे ए, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सात गुणे सात यानि उनचास प्लस चौबीस गुणे चौबीस पाँच सौ छिहत्तर हो गया उसके बाद लिखेंगे ए, ए स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा नौ सा नौ छो के पाँच हाथी एक सात चार ग्यारह एक बारह इसमें भी हासिल एक ये पाँच है तो पाँच एक छः छः सौ पच्चीस आ गया ए बराबर अब लिखेंगे देखो यहाँ पर स्क्वायर है जब स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो इस साइड में रूट आ जाएगा और इस साइड में एसी हो जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पर रूट का छः सौ पच्चीस स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है ठीक है इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा छः सौ यानी पच्चीस हो गया पच्चीस आ गया हम लोगों का तो यहाँ पर चित्र में लिख लेंगे पच्चीस ठीक है अब क्या करेंगे हम लोग निकालना हम लोगों को साइन ए कौ से साइन सी कौ सी चलिए देखते हैं इसको भी पहला क्वेश्चन है साइन ए कौ से तो साइन ए कौ से निकालना है तो सबसे पहले साइन ए लिखेंगे साइन ए अब साइन ए बराबर होता क्या है तो लाल बटा कक्का यहाँ पर लिखेंगे मैंने बताया था पिछले वीडियो में दो वीडियो बना दिया मैंने सूत्र का आप देख सकते हैं अगर नहीं देखे अभी तक तो लिखेंगे लाल बटा कक्का जो पहला था हम लोग को साइन के लिए दूसरा कोस और तीसरा टैन नीचे से कोस एक से कोट तो ये लेंगे हम लोग पहला इसका तो हो जाएगा लाल बटा कक्का में लम्ब बटा कर्ण यानी साइन ए बराबर होता है लम्ब बटा हो हो गया गया तो तो अब देखो यहाँ पर साइन ए ये है है और कौन सा होता है? जिसे साइन हो गया, तो साइन की जो सम्मुख भुजा है सम्मुख बोले तो सामने की भुजा तो सामने की भूजा बीसी है ये जो सामने की भुजा हो गया बीसी ये लम्ब हो जाएगा तो बीसी हो गया लंबा कर्ण क्या होगा तो कर्ण चेंज नहीं होता है कर्ण हमेशा बड़ा होता है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण है तो कर्ण क्या है ए है ए हो गया अब बी कितना आया है सात और ए सी यही हो जाएगा साइन ए बराबर उसी तरह से कॉस ए बोल रहा है कॉस ए अब कॉस ए बराबर क्या होता है तो इसमें देखेंगे दूसरा जो था कॉस ए के लिए आधार बाई कर्ण होता है आधार बटा कर्ण हो गया अब इसमें देखेंगे आधार बोल रहा है कौश ए बोल रहा है ए ये है कौश ए आधार इसका क्या होगा तो आधार में जो कौश है वो हो जाएगा ये जो सटी भुजा संलग्न भुजा जिसको बोलते हैं वो आधार होती है तो ए बी संलग्न भुजा यानी सटीव भुजा है ऐसे तो इसकी आधार हो जाएगा ए और कर्ण एसी। ए सी ए कितना है चौबीस और कर्ण ए सी पच्चीस ये आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है वो साइंस कॉस् सी बोल रहा है चित्र को यहाँ पर उतारेंगे साइंस बोल रहा है तो लिखेंगे साइंस बराबर क्या होगा साइन बराबर होता है एल वाई के यानी लम्बा कर्ण ठीक है तो साइन सी बराबर लिखेंगे लंब बटा कर्ण अब जो सी की सम्मुख भुजा होगी यानी इसके सामने की भुजा उसको हम लोग लंब बोलते हैं तो इसकी सामने की भुजा क्या हो जाएगी ये हो जाएगी इसको सम्मुख भुजा बोलेंगे तो इसके लिए लंब हो जाएगा ए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी लंब हो गया कर्ण कर्ण तो चेंज होगा नहीं क्योंकि कर्ण जो रहता है वही होगा तो ए हो गया ए बी कितना है चौबीस सेंटीमीटर ए सी पच्चीस सेंटीमीटर साइंस सी बराबर आ गया इतना कौश सी बोल रहा है लिखेंगे कौश सी कौस सी अब देखो लाल बटा कक्का में कौश ये तो आधार बाई कर्ण आधार बाई कर्ण हो गया अब आधार क्या होगा कौशी के लिए ये कौ सी है तो संलग्न भुजना यानी संलग्न भुजा का मतलब कि जो सठी हुई भूजा होगी सी से तो ये तो हमको पता है कर्ण होता है और उसके बाद में जो होगी वो सठी हुई भूजा ए होगी हम लोगों की बी तो बी क्या हो जाएगा संलग्न भुजा यानी आधार हो जाएगा भाई कर्ण बोल रहा है ए हो गया बी कितना है सात ए सी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो